नमस्कार दोस्तों त्याग संयस जीवन की सबसे पहली सीढ़ी होती है संनस तो, तो छोड़िए सांसारिक जीवन में भी त्याग के बिना आप कुछ हासिल नहीं कर सकते आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो त्याग पर आधारित है इस कहानी को सुनकर आपका मन त्याग को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ और आप इस कहानी में खो जाए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बहुत समय पहले किसी एक गांव में मंगल नाम का एक आदमी रहता था वो अकेला ही था उसके परिवार में और कोई नहीं था वो अपने जीवन यापन के लिए जंगल से लकड़ी काट कर ले जाता और शहर में बेच देता था जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसी से वो अपना जीवन का निर्वाह करता था एक दिन दोपहर के समय मंगल बैलगाड़ी पर लकड़िया लेकर शहर की ओर जा रहा था तभी जंगल में उसे एक आदमी दिखाई दिया जो पैदल चलते चलते थक गया था वो आदमी शहर का रहने वाला था उसका नाम सूरज था मंगल को देखकर सूरज कहता है कि भाई यदि आप शहर की तरफ जा रहे हो तो तुम मुझे अपनी बैलगाड़ी पर बैठा लो मैं पैदल चल चलकर थक गया हूँ और यहाँ कोई सवारी भी नहीं मिल रही है यदि आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा मंगल उसकी बात मान लेता है और सूरज को बैलगाड़ी पर बैठा ले जाता है और उससे कहता है कि मनुष्य ही मनुष्य की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा दोनों पूरे रास्ते बहुत प्रेम से बातें करते हुए आते हैं जब वो शहर में पहुंच जाते हैं तब सूरज मंगल को अपने घर का पता देते हुए कहता है कि तुम अपना काम करके मेरे घर अवश्य आना मैं चाहता हूँ कि तुम अतिथि बनकर मेरे यहाँ पधारो तुम्हारा आदर सत्कार कर मुझे बहुत खुशी मिलेगी मंगल सूरज की बात सुन लेता है और उससे कहता है की मैं जरूर आऊँगा यह कहकर सूरज और मंगल अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं अपने घर पहुंचकर सूरज बड़ी ही उत्सुकता से मंगल की राह देखने लगता है मंगल जब लकड़ियाँ बेच चुका होता है तो संध्या हो जाती है संध्या होने के बाद वह सूरज के घर के लिए निकल जाता है जैसे ही मंगल सूरज के घर पहुंचता है तो सूरज उसे देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और बड़े आदर से उसका स्वागत करता है उसे अच्छे से अच्छा भोजन खिलाता है और उसके बाद सोने का सुंदर प्रबंध कर देता है रात में दोनों देर तक आपस में बातचीत करते रहते हैं अब सूरज और मंगल में बहुत गहरी मित्रता हो गई थी अगले दिन मंगल वापस गांव के लिए निकल जाता है अब मंगल जब भी शहर जाता तो सूरज से जरूर मिलता और उसके घर पर ही रहता एक बार मंगल शहर गया हुआ था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी मंगल लकड़ियाँ बेचने के बाद सूरज के घर के लिए निकल जाता है और रात को वही रुकने का फैसला करता है उस वक्त रात के करीब नौ बज रहे थे आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था धरती पर चारों ओर चाँदनी दूध की धारा की तरह बह रही थी पेड़ पौधे उस धारा में नहाकर सफेद हो गए थे सूरज मंगल को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जिसे तुमने आज तक देखने के बारे में सोचा भी नहीं होगा वो दृश्य इतना अद्भुत है कि तुम उसे देखते ही रह जाओगे और इतना कहकर मंगल को वह जल्दी से अपने साथ ले जाता है सूरज की बात सुनकर मंगल उससे पूछता है की लेकिन तुम मुझे ऐसा क्या विशेष दिखाने वाले हो बताओ तो सही उस दृश्य में ऐसा क्या खास है सूरज मंगल से कहता है की यदि तुमने वो दृश्य देख लिया तो तुम हैरान हो जाओगे मेरे नगर में राजा का प्रधान खजांची रहता है उसका सिद्धांत है खाना पीना और आनंद से रहना उसका कहना है कि एक दिन तो मनुष्य को सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ता है अतः संग्रह करने से कोई लाभ नहीं मनुष्य को अपने जीवन में ही अपनी उपार्जित वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहिए यह खजांची रोज ही बड़े ठाट बाट से भोजन करता है परंतु पूर्णिमा की रात कुछ अलग होता है उस रात वह कुछ इस तरह भोजन करता है कि वह दृश्य देखने योग्य बन जाता है उस खजांची का भोजन सोने के बर्तन में परोसा जाता है उसका सारा भोजन सोने के बर्तन में ही बनता है यहाँ तक कि वह जिस चटाई पर बैठकर भोजन करता है वो भी सोने की ही होती है वो खजांची पीले रंग के वस्त्रों का धारण करता है और सोने के अमूल्य आभूषण को पहनता है यहाँ तक की उसके सभी नौका चाकर भी पीले वस्त्र तथा सोने के आभूषण धारण किए रहते हैं इस चांदनी रात में खजान सिंह के घर एक ऐसी स्वर्ण आभा बिखरी रहती है कि मनुष्य का मन ही नहीं देवताओं का मन भी ललक उठता होगा लालच से भर उठता होगा नगर के बड़े से बड़े अमीर लोग भी इस अनुमृश को देखने के लिए वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं सूरत की बात सुन आप मंगल का भी इस दृश्य को देखने का मन करने लगता है और वो जल्दी जल्दी सूरज के साथ खजान सिंह के भोजन का वृश्य देखने के लिए उसके घर पहुँच जाता है जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है की वहाँ पहले से ही मेला लगा हुआ था दूसरी तरफ खजांची पीले वस्त्र और सोने के आभूषण को पहन भोजन करने के लिए सोने की चटाई पर बैठ जाता है और उसके आगे सोने के पात्रों में तरह तरह के व्यंजन परोसे जा रहे होते हैं यह दृश्य देखकर मंगल अपने मन को वश में नहीं कर पाता वो धीरे से सूरज से कहता है कि ये तो सचमुच अद्भुत दृश्य है मैंने आज तक ऐसा दृश्य कल्पना में भी नहीं सोचा था देखना तो दूर की बात है काश मैं भी एक दिन इसी तरह का भोजन कर पाऊँ पर क्या कभी संभव हो सकता है इस गरीब के जीवन में यह कभी नहीं हो सकता जब मंगल यह बात धीरे से सूरज से कह रहा होता है तब खजानची ये बात सुन लेता है वो दृष्टि उठाकर मंगल की तरफ देखता है उसे मंगल के मुख पर कुछ अनूठा पंसा दिखाई पड़ा उसे लगा कि इस मनुष्य के शरीर के भीतर कोई चमत्कार है कुछ देर बाद जब खजांची भोजन कर लेता है तब वह मंगल को अपने पास बुलाता है और उसकी ओर ध्यान से देखकर मंगल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी तरह ही पूर्णिमा की रात का भोजन करना चाहते हो यह सुनकर मंगल हैरान हो जाता है कि उसे यह बात कैसे पता चल गई? खजांची कहता है कि यूँ हैरान मत हो मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी यदि तुम मेरी तरह भोजन करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें काफी कठोर तपस्या करनी होगी क्या तुम ये कर पाओगे ये सुन मंगल कुछ देर सोच में पड़ जाता है और तब कहता है कि श्रीमान यदि एक दिन मुझे आपके समान भोजन करने का अवसर मिले तो मैं तपस्या क्या मैं पर्वत भी उठाने के लिए तैयार हूँ ये सुनकर खजानची थोड़ा सोचते हुए कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें पर्वत नहीं उठाना पड़ेगा बस तुम्हें एक काम करना होगा तुम्हें तीन वर्षों तक मेरे खेतों पर काम करना होगा ये सुनकर मंगल कहता है की श्रीमान मैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूँ आरोप तीन वर्षो के बाद मुझे आपके समान भोजन करने का अवसर प्राप्त होगा न मंगल की बात सुनकर वो खजानची दृढ़ता उससे कहता है कि अवश्य प्राप्त होगा उसके बाद से मंगल ने लकड़िया काटने का, का काम छोड़कर कर खजांची के खेतों में काम करना शुरू कर दिया अब वह दिन रात उसी के खेतों में काम करता पसीना बहाता और वहीं पर रात में बाकी मजदूरों के साथ भोजन करके सो जाता था मंगल हर एक मजदूर से बहुत प्रेम करता था जब वो बीमार होते तो उनकी सेवा भी करता सभी मजदूर उसके मधुर भाषण और मृद व्यवहार पर मुग्ध हो गए थे उसे अपना भगवान समझने लगे थे उसे खूब मानते थे उसका सम्मान करते थे समय बीतता गया और अब वह समय भी आ गया जब तीन वर्ष पूरे हो गए थे मंगल की लगन मेहनत और प्रेम से इन तीन सालों में खजांची के खेतों में इतना अनाज पैदा हुआ कि उसके लिए रखना भी कठिन हो गया था खजांची का घर अनाज से भर गया था खजांची मंगल की मेहनत पर बहुत प्रसन्न हो गया था उस, उसकी मेहनत और लगन से वो बहुत खुश था ये सब देख उसके मन में विचार आया कि ये मनुष्य साधारण नहीं है अलौकिक है कोई चमत्कारिक है जब पूरे तीन वर्ष बीत जाने के बाद मंगल पुनः खजानसी के सामने उपस्थित होता है तब खजानी बड़े ही प्रेम और विनम्रता के साथ मंगल से कहता है कि मैं तुम्हारी इस मेहनत पर बहुत ज्यादा खुश हूँ अब से लेकर मैं पूरे एक दिन तक तुम्हे अपने भवन का मालिक घोषित करता हूँ तुम्हारा जो मन करे वो करना जो पहनना हो खाना हो जैसा रहना हो इस सब की तुम्हें पूरी आजादी है ये सुनकर मंगल खजानची ऐसी कहता है की मालिक मैं आपकी भवन का मालिक नहीं बनना चाहता मुझे तो बस आपके समान एक दिन के लिए भोजन करना है मेरी इतनी सी ही इच्छा है ये सुनकर खजान सिंह मंगल से कहता है पर तुमने जिस लगन और मेहनत से काम किया है उसे देखते हुए तुम्हारी यह मजदूरी भी कम है तुम केवल एक दिन के लिए मालिक बनोगे इतना कहकर वो अपने सभी नौकरों को यह आदेश देता है की एक दिन के लिए मंगल तुम्हारा और इस भवन का मालिक होगा तुम सभी को उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा तुम लोगो को उसकी आज्ञा का पालन उसी तरह करना होगा जिस तरह मेरी आज्ञा का पालन करते हो भवन का मालिक बनने पर मंगल बहुत ही आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गया वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बस उसे एक ही बात याद थी कल पूर्णिमा की रात है और मैं खजानसी के समान ही भोजन करूंगा मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी मेरा जीवन धन्य बन जाएगा अगले दिन पूर्णिमा की रात उसी तरह चांदनी खिली हुई थी मंगल खजान सिंह के समान ही पूरी तरह सच धस आता है और उस सोने की चटाई पर बैठ जाता है उसके आगे सोने के बने पात्रों में कई तरह के व्यंजन रखे हुए थे ये सब देख कर बेहद खुश था उसी तरह पीले रंग के वस्त्र पहन सोने के आभूषण पहन तैयार था उसने कभी ये सोचा भी नहीं था लेकिन जैसे ही भोजन ग्रहण करने जाता उसे बौद्ध भिक्षु दिखाई दे जाता है उस बौद्ध ने जैसे सारा विश्व उसके भीतर समावि है सारा ब्रह्मांड उसके भीतर है और सारे प्राणी भी एक क्षण में मंगल का पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है वह बिना किसी मुह के अपना भोजन भिक्षु को दान कर देता है ये देख वही बैठा खजान बहुत ही आश्चर्यचकित हो उठता है वो बड़े आश्चर्य से पूछता है कि मंगल ये सब क्या है तुमने ये सब क्या किया और क्यों जिस भोजन के लिए तुम पिछले तीन वर्षों से इतनी मेहनत कर रहे हो कठिन तब किया आज जब वो भोजन तुम्हें मिला तो तुमने बिना कुछ सोचे समझे उस बौद्ध भिक्षु को दान कर दिया ऐसा करने के पीछे क्या कारण है तब मंगल उस खजान की तरफ देख कहता है की मैंने जो किया वो ठीक किया श्रीमान जो मैं हूँ वही वह बौद्ध भिक्षु भी है मैंने भोजन किया या बौद्ध भिक्षु ने किया यह एक ही बात है कोई फर्क नहीं है हम एक ही समान हैं मंगल की बात सुनकर खजानची उस पर मुग्ध हो जाता है वो कहता है कि आज से मैं तुम्हें सदा के लिए अपने घर का मालिक बनाता हूँ परंतु मंगल ने यह मालिकाना भी उस बौद्ध भिक्षु को दान में दे दिया जब कुछ दिनों बाद मंगल के इस दान की खबर राजा तक पहुँची तब वो भी मंगल के त्याग और सुंदर वचनों ऐसी प्रसन्न होकर उसे अपना पूरा राज्य देने की घोषणा करते है लेकिन मंगल ने उसे भी ना रख वो भी बौद्ध भिक्षु को दान में दे दिया ये सब देख वो बौद्ध भिक्षु कहता है की इस मनुष्य की मेहनत और लगन पर प्रसन्न होकर महात्मा बुद्ध ने इसे अपनी शरण में ले लिया है और जो प्राणी भगवान बुद्ध की शरण में जाता है उसे ब्रह्मांड का राजवित भी तुच्छ लगने लगता है उसके लिए ये सब कुछ नहीं होता और ना ही उसका इन सब से कोई मोह होता है मंगल के त्याग का प्रभाव खजानशी और राजा के मन पर भी प्रभाव छोड़ता है और तब वो दोनों भी सब कुछ त्याग देने का मन बनाते है और अपना सब कुछ छोड़ कर भिक्षु बन जाते हैं ये कहानी सुनकर आपके मन में जरूर ये सवाल उठा होगा की अगर हम सब कुछ त्याग देते है यानी कि राजा ने अगर सब कुछ त्याग दिया तो राजपाट कौन चलाएगा सृष्टि की व्यवस्था कैसी बनी रहेगी जी हाँ दोस्तों ये सवाल तार्किक है और इसका जवाब जानना भी बहुत जरूरी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए त्याग बहुत जरूरी होता है लेकिन हम जिस त्याग को जानते हैं वो त्याग कोई और ही त्याग होता है हम अपने जीवन का निर्वाह करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सारी मोह माया के बीच रहते हुए भी उस मोह से अलग रह सकते हैं। मतलब हमारा उस मोह माया से मोह नहीं होना चाहिए हम जो भी करें पैसा कमाएं प्रेम करें अपने बच्चों से पापने परिवार ऐसी अच्छा घर बनाए अच्छी गाड़ी ले लेकिन यह भी जान लेना जरूरी है कि दुनिया में सब कुछ नस्वर है मतलब कभी न कभी सब कुछ खत्म हो जाएगा और जब आप पूरी तरह ऐसी किसी चीज के मुँह में पड़ जाते है तो आप त्याग नहीं कर पाते त्याग किसी चीज को छोड़ दूर चले जाना नहीं है बल्कि उसी चीज के साथ रहकर समझने है कि वो नशुर है यही त्याग है और यही त्याग का सही मतलब है तो दोस्तों आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं अगली कहानी में तब तक अपना ख्याल रखें